सुंदूरी बेरा डे घाटे हल प्यार हो गया रानी प्यार हो गोना बुलू सुंदूरी बेरा में डे घाटे हल प्यार हो गया तो रानी प्यार हो ग तो प्यार हो गलक तो तो मैला बोलो सुंदूर के बैराम घाटे अल प्यार हो गया रानी प्यार हो गल सोना बोलो सुंदूर बेरा बैराम धार घाटे अल प्यार हो गया रानी प्यार हो गया अरे प्यार हो गलक महिला जोड़ सोना रे मना ंदूरी बेरा रारी घाटे अल प्यार हो गया रानी प्यार हो गल सोना उलू सुंदूरी बेरा रारी घाटे अल प्यार हो गया रानी प्यार हो गया अरे प्यार हो गल मैला प्यार प्यारोना जीना ही जीना ही